आज मैं आपके बीच में एक स्पेशल वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेश आप सभी ने अपनी टेंथ क्लास का जो है पहला पढ़ाव जो है हमारे कैरियर का होता है उसको पार कर लिया। सभी को अच्छे मार्क्स के लिए शुभकामनाएं जिसके थोड़े कम नंबर रह गए हैं उसको भी शुभकामनाएं लेकिन आगे का जो हमारे कैरियर का जो हमें चुनाव करना है उसी से जुड़ी हुई आज हमारी वीडियो है मैं इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार की जो हमारी आफ्टर प्लस टू आफ्टर प्लस टू जो हमारे कैरियर जो चलना होता है या फिर टेंथ के बाद में मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी होती है आप सभी अब तक जान गए होंगे कि आर्ट कॉमर्स और साइंस हमारी जो है वो तीन स्ट्रीम जो है वो चलती हैं तो अभी वो समय है जब मुझे स्ट्रीम चूज करनी है और इसके बाद में फिर मेरे पास में कोई किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं होगा अगर मैंने गलत स्ट्रीम चूज कर ली तो ये वीडियो जो है वो आपको स्ट्रीम चूज करने में या फिर हम किन किन चीजों से हम बचें जब हमें स्ट्रीम चूज करनी है उन सभी से समझ में आएगा चलिए शुरू करते हैं, हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं फटाफट से सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले वो चीज़ें जो हर स्टूडेंट को जो है वो जान लेनी चाहिए जिससे उनको बचना है टेंथ जस्ट पास किए अपने बहुत सारी जो है वो भ्रांतियाँ मन में आएंगी बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे तरह तरह के सजेशन देंगे तो आपके कैरियर से रिलेटेड अब आपको जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना है इस पढ़ाव के ऊपर बहुत से छात्र जो हैं वो गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें फिर पूरे कैरियर में भुगतना पड़ता है क्योंकि फिर से स्ट्रीम चूज करना चेंज करना तो अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं फिर उसके बाद में तो क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें शुरू में बचना है अभी सबसे पहले किसी के दबाव में ना आकर या दोस्तों को देखकर फैसला ना लें दसवीं के बाद आपका एक फैसला यह तय करेगा कि आप आगे जाकर क्या बनेंगे ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेते समय आपको साइंस कॉमर्स और आर्ट्स किसी एक स्ट्रीम को जो है वो चुनना होगा स्ट्रीम के चुनाव में कोई जल्दबाजी ना करें किसी के दबाव में ना आएँ अपनी रुचि को पहचानने का प्रयास करें हर स्ट्रीम की पूरी जानकारी लें आर्ट्स हो या विज्ञान हो या फिर कॉमर्स हो हर स्ट्रीम में आगे बढ़ने की क्या संभावना है आपकी रुचि के हिसाब से क्या वो स्ट्रीम आपके लिए बेहतर है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है आमतौर पर देखा जाता है कि स्ट्रीम चयन में माता पिता का दबाव देखने को मिलता है ज़्यादातर छात्र अपने अभिभावकों के दबाव में आकर स्ट्रीम का चयन कर लेते हैं लेकिन अपने इच्छा अनुसार स्ट्रीम न मिलने के का कारण वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते इसीलिए जरूरी है कि किसी के दबाव में आकर अपना फैसला ना लें। कई बार क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल जो होता है वो हमारे जो मित्र मंडली होती है वो जो सा स्ट्रीम लेते हैं हम भी उन्हीं की मित्र मंडली को छोड़ना नहीं चाहते और हम भी उसी स्ट्रीम को जो है वो ले लेते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अपने दिमाग में सेट कर ले कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं उसी हिसाब से फिर आर्ट कॉमर्स या फिर साइंस का चुनाव करें निर्णय लेने से पहले आपको किन किन चीजों पर जो है वो गौर कर लेना है सबसे जरूरी चीज वो है जो आपको अपनी रुचि पर प्राथमिकता देनी है फिर अपने जुनून का आकलन कर लेना है कि आप कितना समय दे पाएंगे अपने स्टडी को अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण कर लेना है क्या स्ट्रोंग पॉइंट आपका और किस चीज में आप वीक हैं सही कैरियर विकल्प की पहचान कर लें आप जरूर कि आपका कैरियर किस तरफ जाएगा दूसरों की मदद ले लें ये सारे जब आप चीज़ें सोचने लग जाएं तो दूसरों की मदद आप ले सकते हैं उसके बाद ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो तो करियर काउंसलिंग जो करते हैं लोग कैरियर काउंसलर बोलते हैं उनको उनसे बात करके इस का चुनाव कर सकते हैं आप लोगों की नहीं करें परवाह कौन क्या कहता है मान लो आपका रुचि अगर आर्ट्स में है और लोग यूँ कहते हैं कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा हो के गया आर्ट्स ले रहा है तो मैं साइंस या कॉमर्स लेनी चाहिए लोगों की परवाह ना करें आपको अपने कैरियर का चुनाव करना है आप सबसे गाइडेंस लें आप अपनी रुचि को ध्यान रखें आप कितने जुनूनी हो सकते हैं आपके अंदर किस चीज़ की स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ों की पहचान लें अपने विरिष्ठ अभिभावक या शिक्षकों के साथ जरूर चर्चा करें अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दवाओं में ना आकर या दोस्तों को देखकर आप फैसला ना ले क्योंकि ये आपका कैरियर है आप अपना जुनून जो है वो खुद ब खुद सेट करें फिर दूसरी चीज जिससे मुझे बचना है मार्क्स कमाने पर अपना मनोबल ना गिराए मार्क्स कमाने पर अक्सर विद्यार्थी जो है अपना आत्मविश्वास जो है वो खो देते हैं निराश हताश होने के बजाय आप इस चीज पर विचार करें कि कमी कहाँ रह गई है आज जो भी सफल हैं वे जीवन में कई बार सफल भी हुए होंगे कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज जरूर पढ़ें। रिजल्ट सब कुछ नहीं है एक रिजल्ट आपकी कामयाबी का फैसला नहीं कर सकता इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है निराशा को अपने आसपास भी फटकने ना दें। अगर मान लो इस क्लास में आपके एक नंबर आ गए हैं आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि आप अगली क्लास में जो है वो, वो कुछ दिखाएं जो आप कर सकते हैं फिर इसके साथ में जॉब या प्रोफेशन को प्रोफेशनल कोर्स सुनने में ना करें जल्दबाजी ऐसी बहुत सी सरकारी नौकरियां और प्रोफेशनल या फिर जॉब ओरियंटेड कोर्सेज हैं जिनके लिए दसवीं पास की योग्यता मांगी जाती हैं इनका चुनाव करते समय आप अपनी योग्यता कमजोरी और ताकत को पहचान लें और कोशिश करें कि अभी से इतनी जल्दबाजी ना करें और अपनी पढ़ाई कैरियर को लंबा ले जाने की तरफ ज़्यादा सोचें फिर सबसे ज़रूरी चीज धोखेबाजों के चंगुल में ना फंसें अक्सर रिजल्ट आने से पहले या बाद में कई छात्रों को जो है वो विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट या फिर कुछ ऐसे धोखेबाज़ जो नंबर बढ़वाने या ये करने वो करने इत्यादि की जो है वो जो है वो कॉन्टेक्ट कौन, करने लग जाते हैं और अपना अकाउंट नंबर या ओटीपी वगैरह या जो भी डिटेल है वो बच्चा जो है वो शेयर कर देता है और फिर वो अपना जो है वो झांसे में आ जाते हैं बच्चे और अपना पेरेंट्स की मेहनत की कमाई का पैसा जो है वो खो देते हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्टूडेंट को जो है वो अभी बचना है फिर बचना है तो हम क्या करें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कॉमर्स के जो स्कोप है फ्यूचर में उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कॉमर्स में कैरियर का कितना स्कोप है क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं इसीलिए मैं कॉमर्स के विषय में ज्यादा अच्छे प्रकार से आप लोगों के साथ में बातें शेयर कर सकता हूं तो हर बार हर, अगर बात हम कॉमर्स की करें तो इस स्ट्रीम में हर साल ज्यादा से ज्यादा छात्र जो है वो जाना चाह रहे हैं मतलब की ट्रेंड जो है वह बहुत अच्छा कॉमर्स का सेट हो चुका है कारण यह है कि इस विषय का बढ़ता स्कोप और बढ़िया पैकेज मिलता है आपको मतलब आप बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं इसमें तो आपकी सैलरी पैकेज जो है वो आपको अच्छा मिलेगा चांसेस हो सकते हैं जो छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित लगातार कर रहा है सिर्फ यही नहीं इस स्ट्रीम के छात्र जो है वो आर्ट जो कला का क्षेत्र है उसमें भी अपना करियर चूज कर सकते हैं तो मतलब ऊपर वाली स्ट्रीम से हम नीचे वाली स्ट्रीम तक कभी भी जा सकते हैं तो जब हम कॉमर्स के स्कोप की हम आगे जागे और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो इसी से रिलेटेड मैं आगे पूरी की पूरी वीडियो जो है फोकस करूँगा कॉमर्स के स्कोप से रिलेटेड क्योंकि इसके अंदर है भविष्य हमारा बहुत ही सुनहरा ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो कॉमर्स की चुनने और फिर इसके आगे करियर तय करने से पहले तमाम कॉमर्स से जुड़ी हुई संभावना की जानकारी जरूर ले लें इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ कोर्सेज की जानकारी जो आपके कैरियर में जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं साथ ही दसवीं के छात्रों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकती है क्योंकि इन फ्यूचर वो अपना प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम में जाता हूं तो मेरे लिए करियर से संबंधित क्या क्या संभावनाएं रहेंगी चलिए अब सबसे पहले दिमाग में यह चीज आती है कि यदि जो नीचे अभी बातें आएंगी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए आपके लिए वीडियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस वीडियो में आप क्या जानेंगे कि कॉमर्स एक्चुअल में है क्या फिर कॉमर्स से संबंधित कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं इन फ्यूचर जाके इसके अलावा क्या भविष्य में कॉमर्स कोर्स करने के बाद किस तरह के मुझे रोजगार मिल सकते हैं फिर हम जानेंगे कि कॉमर्स कोर्स हम कहां कहां से कर सकते हैं और इन सभी प्रश्नों के आंसर खोजने में ये वीडियो आपकी मदद करेगी ठीक है चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए कुछ पूर्वागर मतलब पहले से ही प्री डिसाइडेड जो है वो दिमाग हम कर लेते हैं उसी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा पहले से ही जो हम पहले से सेट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर कि कॉमर्स किस प्रकार का है आर्ट्स किस प्रकार का साइंस किस प्रकार तो तो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पहले आमतौर पर कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर अधिकांश माता पिता या फिर अभिभावक एक महान पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं तथा ये सोचते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम केवल गैर समार्ट छात्रों के लिए ही उपयुक्त होती है इसके अतिरिक्त टेक्निकल और रिसर्च प्रवृत्ति वाले छात्रों के लिए साइंस और सैद्धांतिक अध्ययन और परफॉर्मिंग आर्ट्स में रुचि रखने वाले छात्रों को आर्ट्स विषय के लिए उपयुक्त बताया जाता है लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम को उन छात्रों के लिए सही बताया जाता है जो क्रचिंग नंबर के साथ सहज अपने आप को महसूस करते हैं और भविष्य में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये एक अवधारणा से फिक्स कर रखिए जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं इसीलिए कई छात्रों का ऐसा मानना है कि अन्य स्ट्रीम की तुलना में कॉमर्स स्ट्रीम के तहत अध्ययन का दायरा बहुत ही सीमित है मतलब अकाउंटेंट के अलावा और हम कहीं जा ही नहीं सकते लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे लेकिन यह एक आम बात है कि और इसे कॉमर्स या किसी और स्ट्रीम के विषय में अक्षर सही नहीं कहा जा सकता तो इस प्रकार की चीजें हम कॉमर्सों के लिए कुछ विषय और स्पेशलाइजेशन एवं चर्चा करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े पूर्वाग्रह के बावजूद भी पिछले कुछ दशकों से पिछले कुछ सालों से इस विषय की लोकप्रियता में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है बढ़ती अर्थव्यवस्था प्रोफेशनल कैरियर का सुनहरा अवसर और उच्च स्कोरिंग की वजह से हाई स्कूल या उसके बाद इस सब्जेक्ट को लेने की प्रवृत्ति जो है वो छात्रों में लगातार बढ़ रही है तो एक मतलब अब ट्रेंडिंग जो है वो स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स बनकर उभर रही है एज कंपैरिजन टू आर्ट्स और साइंस तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि असल में कॉमर्स है क्या तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि असल में कॉमर्स है क्या फिर उसके बाद इसको स्कोप देखते हैं आसान से शब्दों में अगर मैं कहूं तो कॉमर्स का मतलब होता है व्यापार और व्यापार में सहायता करने वाले तत्व जैसे कि क्या हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट बैंक बीमा कंपनी गोदाम माल इत्यादि वाणिज्य में कॉमर्स को हिंदी में वाणिज्य कहते हैं वाणिज्य में इन्हीं तत्वों का जो है वो हम अध्ययन करते हैं इसीलिए इस क्षेत्र में रोजगार के काफी अच्छे स्कोप मिल जाते हैं क्योंकि हम जो हैं वो उद्योग बहुत अधिक तेजी से डेवलप हो रहे हैं हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत डेवलप हो रहे हैं कॉमर्स में जो वाणिज्य संकाय का एक ऐसा विषय है जो अधिकतर लोगों को पसंद होता है और बिजनेस या फिर उद्यमी में रुचि रखने वाले मतलब बिजनेस तो जो एस्टेब्लिश है उद्यमी जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं रुचि रखने वाले अधिकतर छात्र कॉमर्स विषय का ही चुनाव करते हैं बढ़ती बेरोजगारी के कारण आजकल इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए काफी ज्यादा छात्र जो है वो कोशिश में लगे हैं और सफल भी हो रहे हैं कॉमर्स की पढ़ाई तो अब ज्यादातर स्टूडेंट से जो है वो नौवीं के आसपास जो है वो हमें इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देते हैं इकोनॉमिक्स इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम तो उसी में शुरू हो जाते हैं हमारे बारहवीं में कॉमर्स की पढ़ाई के बाद में कई परंपरागत कोर्स आसानी से किए जा सकते हैं लेकिन उनका स्कोप कॉमर्स की अपेक्षा कम है तो कॉमर्स के कोर्सों का मुख्य बिंदु उद्यमी बनना है नई नई चीजें खोज करने वाला बनना है व्यवसाय के क्षेत्र में और समाज में रोजगार उपलब्ध करवाना है देखो अगर फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं तो फैक्ट्री एक मालिक लगाता है और वो रोजगार जो है वो कई लोगों को दे पाता है तो रोजगार देने वाले भी कॉमर्स वाले बन पाते हैं कृषि औद्योगिक देश विदेशी बैंक हो या फिर बाजार में उतार चढ़ाव का जायज़ा लेना हो फिर कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी हो हर जगह आजकल जो है वो कॉमर्स वाले स्ट्रीम वाले बच्चे को कैंडिडेट को ही महत्व तो ज़्यादा दिया जाता है यदि आप भी कॉमर्स के साथ हैं तो आप इस फील्ड में एक बेहतरीन कैरियर जो है वो बना सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज कौन कौन से आएंगे डिटेल में जिक्र करेंगे अभी सिर्फ मैं कॉमर्स के जो कॉमन uh, कॉमन common से जो हैं वो हमारे हम आफ्टर प्लस टू प्लस वन में हम कॉमर्स लेंगे प्लस टू कॉमर्स लेंगे हमारी फिर उसके बाद में हम कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर हम बी कर सकते हैं बी ऑनर्स कर सकते हैं अभी मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं फिर इसके अलावा हम बी कॉम कर सकते हैं फिर बीबीए एलएलबी कर सकते हैं हम बीबीए कर सकते हैं बीसीए कर सकते हैं और जो इन सबका एक वर्जन है सीए, सीएस या फिर आईसीडब्ल्यूए हम कर सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद में चलिए डिटेल में जानते हैं सबसे पहले बीकॉम या फिर बी ऑनर्स ऐसा हमने अभी वीडियो में सुना क्योंकि कॉमर्स के बाद में हम अपने बिजनेस को आसानी से स्टार्टअप कर सकते हैं यदि आपने बारहवीं कक्षा में या प्लस वन बारहवीं कक्षा में कॉमर्स से की है तो आपको कई डिग्री कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं तो हर आजकल जिस प्रकार से जो है वो सरकार हर शहर के अंदर लगातार कॉलेजेस जो है वो ओपन करने के प्रयास में है तो एटलीस्ट हर शहर के अंदर जो है वो आपको डिग्री कॉलेजेस मिल जाएंगे वहां जाकर आप बीकॉम कोर्स कर सकते हैं बीकॉम कोर्स में क्या है कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है इसको एक डिग्री कोर्स है जिसे हर कॉलेज ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रखा है इस पाठ्यक्रम अवधि भारतीय कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में तीन साल की होती है विश्वविद्यालय में कैसे होगी मैं आपको बाद में बताऊंगा दिल्ली एनसीआर सी बेंगलुरु कोलकाता मुंबई इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर इसकी जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई की जाती है बी कॉम से अभिप्राय बैचलर ऑफ कॉमर्स से है कॉमर्स विषय में हम जो कॉमन कॉमन से जो थोड़े से वो सब्जेक्ट जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर मैं कुछ नाम ले देता हूँ जैसे कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे इनकम टैक्स पढ़ेंगे ऑडिटिंग पढ़ेंगे हम इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे बैंकिंग पढ़ेंगे हम इसके अंदर इंश्योरेंस हम पढ़ेंगे कुछ कंपनीज़ के एक्ट व वगैरह होते हैं वो हम पढ़ेंगे बिज़नेस स्टडीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे मार्केटिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट वगैरह हम इसके अंदर सारे के सारे ये बी के कुछ कोर्सेज़ हैं जो हम डिंग अच्छा ये तीन साल का ये कोर्स होता है बीकॉम बीकॉम दोनों दोनों के दोनों, तो थ्री डिग्री है चलिए अगला कोर्स या फिर BBA क्या है Bachelor of Business, Business Administration, जिसको BMS के नाम से भी जाना जाने लगा बिजनेस मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए बैचलर डिग्री है ये जिसे किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में प्लस टू में कम से कम पचास प्रतिशत अंक होने चाहिए तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए जो है ये दोनों ही कोर्स जो है वो आसान बन जाते हैं क्योंकि वो बेसिक कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो है वो पहले से ही पढ़ के आता है यदि आप मैनेजमेंट या एमबीए करना चाहते हैं बीबीए का जो है वो मास्टर डिग्री जो है एमबीए है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तो आप प्लस टू के बाद में बी या फिर बी करने का सही ऑप्शन रहेगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बी एम जो मैं बोल रहा हूँ डिग्री कोर्स डिग्री लेवल के कोर्सेज हैं इसे छात्रों को मैनेजमेंट की सही समझ और दृष्टिकोण और डिजाइनिंग वगैरह प्लानिंग वगैरह करनी जो है वो अच्छे से आ जाती है बहुत सारे कॉलेज प्लस टू के स्कोर या मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान करते हैं लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हमें एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है मतलब हमें किसी एग्जाम में बैठना पड़ता है फिर उसकी मेरिट बनती है फिर जो उसमें बच्चे टॉप करते हैं फिर उनको एडमिशन मिलता है उस टेस्ट के आधार पर जो वो स्कोर लेके आते हैं लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को इसे समझने और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए जो है वो आ, इन फ्यूचर जाकर हम उसमें मास्टर डिग्री यानी कि एमबीए जो है वो कर सकते हैं इसके अंदर तो ये आ, बी ये जो है वो एक बैचलर ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशन कोर्स है इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो अपनी स्ट्रीम को आगे बढ़ा सकते हैं तो कॉमर्स वालों के लिए ये भी एक लाइन ओपन रहती है दोनों ही तीन साल के कोर्सेज हैं फिर इसके बाद हमारा आ जाता है बीकॉम एलएलबी और बीएलएलबी। बी। इनको इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है जहां पर दो कोर्सेज एक साथ करवाए जाते हैं वहां पर हम उसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि बीकॉम कॉम की डिग्री भी साथ साथ आपको मिलेगी और साथ साथ आप एल की डिग्री भी लेंगे पाँच साल का एक कोर्स रहेंगे दोनों के दोनों तो मतलब आपको बी की तीन साल वाली डिग्री और साथ में एल की फाइव ईयर वाली डिग्री मिलेगी इसको प्रोफेशनल एलएलबी कोर्स भी कहा जाता है तो इसकी भी बहुत बढ़िया स्कोप हैं देखिए सिंपल एलएलबी वाला जो है वो लीगल टर्म्स में जो है वो जाकर फाइट करता है एडवोकेट बनता है लेकिन जो बीकॉम एलएलबी या बीए एलएलबी वाला होता है वो बहुत सारी इकोनॉमिक इनकम टैक्स से रिलेटेड या डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी सारे के टैक्सेस से रिलेटेड आ जाते हैं या ऑडिटिंग वगैरह आ जाती है बहुत सारे कार्य जो है वो कर पाता है लीगल ओपिनियन अपने कंपनीज को दे पाता है तो इसका जबरदस्त स्कोप इन फ्यूचर जो है वो हमें नज़र आ रहा है बीकॉम एलएलबी एल या फिर बी बी एल फाइव ईयर का कोर्स है न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्लस टू के साथ में इस कोर्स के लिए पात्र माना जाता है मेरिट बेस पर या फिर एंट्रेंस बेस पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ये या फिर वेरियस डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर भी ये फाइव ईयर का कोर्स जो है वो अवेलेबल है तो ये फाइव ईयर का कोर्स है इसके बाद अगले कोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो है वो मेजर कोर्सेज आ जाते हैं हमारे कॉमर्स में इससे इन इनसे जो हैं वो बड़े कोर्सेज हम नहीं मानते हैं मुश्किल कोर्स हैं लेकिन पढ़ने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता तो सबसे पहले जो कोर्स आ जाता है सी मोस्ट डिमांडेड कोर्स होता है कॉमर्स वाले के लिए हर कॉमर्स वाला सपना देख के चलता है कि उसे सीए बनना है चार्टेड अकाउंटेंट कहा जाता है इसको एक कोर्स है जिसके जरिए वाणिज्य छात्र चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए उम्मीदवार को चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आई संस्थान के साथ में पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है मतलब वहाँ पर एडमिशन लेना होता है किसी मान्यता प्राप्त तो बोर्ड या विश्वविद्यालय से कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंकों के साथ में प्लस टू पास होना चाहिए इसके बाद इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों में सबसे लोकप्रिय प्रोफेशनल कोर्स है एक प्रोफेशनल कोर्स होने के नाते यह छात्रों के लिए कई करियर का चुनाव जो है वो प्रदान करती है आगे डिस्कस करेंगे इसके अतिरिक्त तो रोजगार भी कर सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक स्वतंत्र सीए के रूप में या फिर बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मतलब अनलिमिटेड डिमांड है इस तरह का ये कोर्स है हर जगह जो है वो सीए ए की आवश्यकता पड़ेगी कोई भी कंपनी है कोई भी फैक्ट्री है कोई भी ऑफिस है वो सभी जो है वो अपने खर्चे से रिलेटेड जो अकाउंट्स मेनटेन करते हैं विदाउट सी ए ऑथेंटिकेशन ज़ीरो होती है तो वैल्यू समझ लीजिए कितने मर्जी आप खाते बना लीजिए जब तक सी उसको वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उन खातों की वैल्यू जीरो रहेगी तो मोस्ट ओरिएंटेड मोस्ट डिमांडेड कोर्स जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड जो है वो सी ए रहता है फिर इसी के जो है वो कंपेयर में एक और कोर्स आ जाता है हमारा सीएस जिसको कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं हम कंपनी सचिव छात्रों के अंदर जो है वो बहुत लोकप्रिय कोर्स है ये भी इसकी भी सेम वही क्वालिफिकेशन है प्लस टू के बाद में फिफ्टी के साथ हम इसको कर सकते हैं इसके बाद भी बहुत सारी नौकरियों की अपार संभावनाएं जो है वो खुल जाती हैं विभिन्न कंपनियों में जो है वो विभिन्न प्रकार के सेक्रेटरीज की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर मोस्ट डिमांडेड ये वाला कोर्स रहता है बच्चे जो हैं वो ये कोर्स को प्रोफेशनल कोर्स को आईसीएसआई के द्वारा जो है वो कर सकते हैं फिर इसके अलावा हमारा जो है तीसरा इसी से जुड़ा हुआ कोर्स आ जाता है जिसको सी या फिर कहा जाता है कोर्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट के नाम से जो है वो पॉपुलर है आई इंस्टीट्यूट जो है वो इसको करवाता है ये तीनों के तीनों समकालीन है लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो सीए जो है वो मोस्ट डिमांडेड रहता है क्योंकि इसमें ज़्यादा संभावनाएँ हैं फिर उसके बाद सी देन सीडब्ल्यूए सीडब्ल्यूए डब्ल्यू जो है वो वो फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा होता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का, का काम ज़्यादा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, का काम ज़्यादा होता है और mm सी जो है वो कंपनीज़ वगैरह में ज़्यादा काम होता है जहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारा वर्क होता हो मतलब जहाँ पर सी का काम ख़त्म हो जाता है वहाँ पर सी का काम शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच में लिंकेज का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो करता है तो हमारे तीन मोस्ट डिमांडेड जो है वो कोर्स कॉमन कॉमर्स वाले उसमें स्ट्रीम में रहते हैं फिर कुछ मास्टर डिग्रीज हैं जो हमने अभी तक नहीं डिस्कस की हैं जो हम कर सकते हैं जो बीकॉम एलएलबी करेगा या सिंपल बीकॉम करेगा या बीकॉम ऑनर्स करेगा वो एमकॉम कर सकता है टू ईयर का कोर्स है मास्टर ऑफ कॉमर्स जिसको टीचिंग लाइन में जाना है एम करने के बाद में फिर बी अगर कर लें और एसरेड कर लें तो हम स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं या yeah, एम करने के बाद में हम नेट का एग्जाम क्लियर कर लें तो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जा सकते हैं फिर एक कोर्स आता है एम जो हमने बी बी ए का जो जिक्र किया था उसी की मास्टर डिग्री है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभिन्न प्रकार की जो है वो कंपनीज़ में जो हम मार्केटिंग से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो वर्क होते हैं जिनको एक एम होल्डर जो है वो करता है अगर टीचिंग लाइन में आप जाना चाहें तो एम के बाद नेट क्लियर करके आप कॉलेज या फिर सिटीज में जा सकते हैं स्कूल लेवल पर इसका कोई स्कोप नहीं है फिर इसके अलावा एक और कोर्स है एम मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल नया कोर्स है इसको भी करके हम जो है वो इजी प्रकार का एम कॉम और एमबीए से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं ये भी नया नया है और नई नई डिमांड में फिर इसके अलावा एक और कोर्स इससे जुड़ा होता है एम बोलते हैं जिसको मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स तो ये सारे जो है वो एक तरह के सभी कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो मास्टर डिग्रीज जो वो हमारे लिए फायदेमंद रहती है धन्यवाद करने से पहले थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉमर्स में जॉब के लिए अनेक ऑप्शन मिल जाते हैं जॉब की हमने अभी तक बात नहीं की हमने सिर्फ कॉमर्स की बात की थी कॉमर्स में रुचि रखने वाले जो हैं वो स्टूडेंट का सिक्योर फ्यूचर के रूप में हमें बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं हम सी यानी कि कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी वाला हम काम कर सकते हैं हमारे लिए मतलब अनगिनत जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो संभव है फिर इसके अलावा इनकम टैक्स वाले जो है वो हम सारे के सारे कार्य कर सकते हैं हर कर्मचारी को इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है वो कार्य पड़ता रहता है फिर हाँ, आ, आई टी वाला हम काम कर सकते हैं आईकारी अधिकारी जो होते हैं फिर कंप्यूटर अकाउंटेंसी वाला जो आज के समय पर मोस्ट डिमांडेड जो वर्क है क्योंकि सभी के सभी कंप्यूटराइज चीज़ें हो रही हैं तो कंप्यूटर अकाउंटेंसी रिलेटेड हम कर सकते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में हम छा सकते हैं हमारा कोई कंपिटेटर नहीं है बैंकिंग के क्षेत्र में क्योंकि हम जो है वो अपने सब्जेक्ट जो है वो बैंकिंग वाले पढ़ के आते हैं तो उनके कंसेप्ट हमारे पहले से क्लियर होते हैं फिर लागत और कार्यलेखाकार यानी कि कोर्स एंड वर्क अकाउंटेंट से रिलेटेड भी हम बहुत सारे जो है वो इस प्रकार के वर्क हमारे को मिलते रहते हैं तो क्लैरिकल काम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होता कॉमर्स वालों के लिए क्योंकि हम वो सारी चीज़ें जमा कटा गुना भाग जो है वो आसानी से टिप्स पे करके आते हैं तो ये हमारा जो है वो वीडियो आज का फोकस था कॉमर्स से जो स्कोप मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करने थे आप सभी का टेंथ का जो रिजल्ट आ गया था आपके लिए स्ट्रीम चूज़ करने में ऑप करता हूं कि ये वीडियो जो है वो आपकी सहायता करेगी आप सभी का दिन शुभ रहे